मित्रों आज दो खबर लेकर के आया हूं सबसे पहली खबर है दिल्ली हाईकोर्ट अर्थात माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने अनुवादक परीक्षा के टाइपिंग टेस्ट के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है और अधिकांश लोगों के पास अब तक इसका कॉल लेटर पहुंच चुका होगा उसमें एक हिदायत दी गई है अर्थात एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि आपको मंगल फॉन्ट में टाइप करके देना है काफी लोगों का फोन मेरे पास आ चुका कभी काफी लोग घबराए हुए हैं कि मंगल फॉन्ट क्या वाला है इसके बारे में मैं भी बात करूंगा और दूसरी खबर मैं आपको बता दूं कि सीएजी का विंडो कल खुल रहा है आप में से जिन लोगों ने सीएजी की परीक्षा में क्वालिफाई किया है आप लोग प्रयास करेंगे कि कल विंडो से स्क्रीनशॉट शॉट लेकर के पहले इत्मीनान से सारा डिटेल देख लें और डिटेल देखने के बाद एक आध दिन का समय लें और फिर फॉर्म भरें दूसरी बात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी शायद लोगों को बुलाना शुरू कर दिया है मुझे लगता है दस तारीख को उन्होंने बुलाया है कई लोगों के पास फोन आ चुका है कुछ लोगों के पास मेल आ चुका है आप लोग अपना मेल और फोन देख लीजिए हो सकता है किसी अनजान नंबर से आए तो अनजान नंबर को अभी आप इग्नोर ना करें हो सकता है वह आपके लिए बुलावा आ रहा हो दिल्ली से चलिए इसके साथ ही अब हम आगे बात करेंगे मंगल फॉन्ट के बारे में मंगल फॉन्ट में आप कैसे टाइप करेंगे मंगल फंड की बात करूं इसके पहले मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा पिछली बार अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें एक ऐसा प्रत्याशी था जो फूट फूट कर रो रहा था पंजाब का प्रत्याशी था उसे केवल सात वोट मिले थे तो पत्रकारों ने पूछा कि पाजी क्यों रो रहे हो बोला पाई साहब मैं रो इसलिए नहीं रहा हूँ कि मैं हार गया रो मैं इसलिए रहा हूँ कि मुझे मेरे घर वालों ने ही वोट नहीं दिया उसे का मतलब है कि उसके घर वालों ने ही उसे इस लायक नहीं समझा कि वोट दिया जाए और उसे इस बात का दुख था कि ये जो वोट मिले थे वो अपनों के, के रिश्ते की है असुविधा है फॉन्ट की जो शंका है उसके ऊपर मैंने तीन से चार वीडियो डाला और मैंने उसमें विस्तार से आपको बताया कि ये मंगल बुद्ध बृहस्पति शुक्र के चक्कर में ना पड़े यूनिकोड समर्थित जो फॉन्ट हैं दो 2007 जब आया था उसमें मंगल था उसके बाद बाद आया आया तो उसमें आ गया के बाद फिर दस आया, दस में कोकिला आ गया और कोकिला के बाद अभी में कोई और नया फॉन्ट है अर्थात यह सब यूनिकोड समर्थित फॉन्ट है आपको मैंने बस यही सलाह दी थी कि आप जो कीबोर्ड चुनेंगे वह कीबोर्ड बोर्ड आपका इनस्क्रिप्ट की होगा यदि आप टाइपिंग का अभ्यास करते हैं तो आप अपने कंप्यूटर में आप इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड से जब टाइप करेंगे तो उसमें ऊपर देखेंगे जहां फॉन्ट का बॉक्स रहता है तो अगर आपका एडवांस्ड वर्जन है तो उसमें कोकिला अपराजिता या कुछ ऐसा फॉन्ट आता है वह भी यूनिकोड समर्थित है और वह मंगल जैसा ही है आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो वहां जो भी आपको सेट मिलेगा उस पर आप जो टाइप करेंगे वह मंगल में ही उभर कर आएगा नहीं आता है तो आप उसमें जाकर के एक बार सेटिंग में चेंज कर लीजिए हो जाएगा आप अगर इंस्क्रिप्ट में टाइप किए हैं तो यहां मंगल आ जाएगा यहाँ एक चैप्टर आपका पूरा होता है इससे संबंधित जो वीडियो था वह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। और अप भी करेगा यहां। आप में नहीं सीखा उन्होंने रेमिंगटन की बोर्ड से टाइपिंग सीखा अर्थात उनका जो फॉन्ट है वह कृतिदेव फॉन्ट है चूंकि उसमें माना गया है दस मिनट में हिंदी में आपको ढाई शब्द टाइप करना है और अंग्रेजी में 300 शब्द टाइप करना है तो कृति देव में जिन लोगों ने अभी तक टंकड़ सीखा है उनके अंदर यह खलबली है कि हम मंगल फॉन्ट कैसे ले आएं देखिए अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाले कंप्यूटर हैं तो उसमें कुछ नहीं है भाषा इंडिया डॉट कॉम पर जाइए वहां से इंडिक की डाउनलोड करिए इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है इंडिक की बोर्ड जब करेंगे उसमें इंडिक थ्री है इंडिक टू है दोनों में कोई डाउनलोड करेंगे तो नीचे जाकर के कीबोर्ड की सेटिंग में सेटिंग कर देंगे तो आप रेमिंगटन कीबोर्ड से ही टाइप करेंगे लेकिन जो फॉन्ट आएगा वह आपका मंगल में आएगा और जो परीक्षा ले रहे हैं उनको भी इस बात की भलीभांति जानकारी होगी तो आपसे पूछ लेंगे रेमिंगटन कीबोर्ड में करोगे या इंस्क्रिप्ट में आप रेमिंगटन में करेंगे तब भी उसमें मंगल फॉन्ट का डिटेल डाल के रखेंगे इस वीडियो में फिर एक पॉप कराऊंगा आगे और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा कि अगर आप कृतिदेव में करते हैं तो अपने कंप्यूटर में आप किस तरह से मंगल फॉन्ट मतलब रेमिंगटन कीबोर्ड से मंगल फॉन्ट में टाइप कर सकते हैं आप उसमें टाइप कर लीजिए दो एक दिन करके देख लीजिए बहुत अच्छे से हो जाएगा कोई असुविधा नहीं होगी घबराने की कोई बात नहीं है घबराने की बात यह है कि आप जो टाइपिंग कर रहे हैं उसका अभ्यास बढ़ा दीजिए चूंकि आप कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट से संबंधित जितने आदेश है या नियम अधिनियम है उनको कहीं से डाउनलोड कर लीजिए और उसे लेकर के टाइप करी कठिन शब्द होंगे तो आपको पता चलेगा आप कैसा कर रहे हैं और अच्छे से कीजिए अभी पच्चीस में समय है आप कर पाएंगे मुझे पूर्ण विश्वास है कोई असुविधा हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज करिए आपके सुविधा का निवारण करने का प्रयास करूँगा हाँ एक बात और है मैंने जैसा कि कहा कि मेरे वो सरदार जी का मैंने उदाहरण दिया था तो आप मेरे अपने हैं अगर आप मेरे लेटेस्ट अपडेट्स को नहीं देखते हैं तो व्यर्थ है मेरे मेरी यह मेहनत अगर आपने वो घंटी वाला बटन आइकॉन नहीं क्लिक किया तो कर दीजिए कुछ अपडेट देता हूं तो कभी कभी गलती से देख लिया करिए क्योंकि सब्सक्राइबर भी काउंट होते हैं और उसके आधार पर फिर आपको सूचनाएं भी समय पर मिलती है चलिए अगली चर्चा में शीघ्र ही आ रहा हूँ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद